गेम में जाओ अबे नोबड़े गरीब आदमी गेम में ही हूँ तो आगे बताओ सौ डायमंड टॉप अप करके कस्टम कार्ड खरीदो अब देखो एक तो मैं नोबड़ा हूँ ऊपर से गरीब आदमी टॉपअप तो नहीं कर सकता लेकिन मेरे पास इतना कस्टम कार्ड है ना मैं भंडारा लगा सकता हूँ अब आगे बताओ क्या करना है कोई एक प्रो बंदा से वन, वन मैच लगाओ वो तो हो गई मेरे फेंड इस है जिसको हम अभी बुलाएंगे चल भाई नूबड़े आ जा फिर छो चलो कोई ना सब्सक्राइबर ने बोला है तो करना तो करना पड़ेगा राउंड जल्दी से मर जाते हैं अब उसे मार मार के काला आराम बना दे huh? चल रहे नोबड़े जल्दी बाहर तेरे को मार मार के कलवा नहीं बनाया तो <laughs>